तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आए हो अच्छे होंगे मैं कि पिसंत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं इस तो देख सकते हैं वैशाली हम निकल चुके हैं और अब आने वाला है एम ई एस कलोनी स्टेशन तो निकलते हुए जा रहे हैं और यहां से आपको बता दो ये एलिवेटेड अब हो जाएगी रैपिड रेल यहाँ से एलिवेटेड होटल चली जाएगी और जो पहला स्टेशन आएगा एम एम ई एस कलोनी का मेरठ में पहला स्टेशन पड़ेगा एलिवेटेड उसके बाद में पड़ेगा दौरली का और तीसरा स्टेशन पड़ेगा मेरठ नॉर्थ और चौथा स्टेशन पड़ेगा मोदीपुरम और पांचवा जो लास्ट स्टॉप होगा वो होगा मोदीपुरम डिपो जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है तस्वीर है आप लोग देख सकते हैं ये दो दो टंकियां लगी हुई हैं और यहाँ पर अभी तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है आर का गई तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से तो मैंने आपको तीन चार वीडियो जब से मैं डाल रहा हूँ तब तो से मैंने आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट किया है गाज़ियाबाद से और मेरठ के मोदीपुरम तक गाइस तो आपको बता दूं कि आगे देखने के लिए मिलेगा ये देख सकते हैं पहला जो प्लर है एलिवेटेड वो ये वाला प्लर है फिर यहाँ से ये एलिवेट होती चली जाएगी और जो अगला स्टेशन पड़ेगा गाइस वो पड़ेगा दौरली मेरठ आर का स्टेशन जो आने वाला है वो दौरली का आने वाला है सॉरी एम का पहला स्टेशन आएगा एम एम कॉलोनी अब आगे पड़ेगा वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर दो पिलर ये तीन चार पिलर कनेक्ट कम्प्लीट हो चुके हैं बाकी इन पे ये देखिए पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है इन पर दोनों साइड में देख सकते हैं ये आ जाता है एम ई एस कॉलोनी का पहला स्टेशन तस्वीर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम भैंसाली क्रॉस करेंगे वैसे ये एम ई एस कॉलोनी के स्टेशन आ जाता है तो दोनों साइड में देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का जो पिलर है वो बना दिया गया है और ऊपर की तैयारी चल रही है तो अभी इनको फ्लोरिंग किया जाएगा इन पर तो अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्यों राइट में अभी पिलर बनाए जाने हैं लेफ्ट के तो बन चुके हैं तो देख सकते हैं इन पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है और अभी यहाँ पर भी पिलर बनाए जाएंगे बाकी पिलर तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर लॉन्चर कहाँ पर स्टैंड किया जा रहा है कहाँ पर स्टैंड लगाया जा रहा है लॉन्चर कब ये एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करेगा गाइड तो देख सकते हैं अभी बीच बीच में ये पिलर खड़े किए जाने हैं तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं कहीं पिलर अभी खड़े करने बाकी रह गए और कहीं कहीं हो चुके हैं ये कंप्लीट तो इस पिलर पे देखिए पिलर कैप लगाया जा रहा है ये देख सकते हैं पिलर कैप लगाया जा रहा है इधर बुरकी पिलर कंप्लीट हो चुके हैं बस इन पर आप लॉन्चर इस्टेंड किया जाना है और फिर उसके बाद वह लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करना इस्टार्ट कर देगा गाइड देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें क्योंकि आपको बता दूँ जो लॉन्चर लगा हुआ था वो लगा हुआ था ब्रह्मापुरी में ब्रह्मापुरी स्टेशन जो आने वाला था उस पर लॉन्चर लगा हुआ था गाइड उसके बाद में कोई लॉन्चर नहीं है फिर अंडरग्राउंड हो जाती है वहाँ से और उसके बाद में फिर ये पहचानी निकलने के बाद में एम कॉलोनी पे जाके एलिवेटेड हो जाती है तो इसका फाइव किलोमीटर का इस पर अंदर टनल बनाई गई है तो देख सकते हैं ये लॉन्चर यहां पर स्टैंड किया जा रहा है और ये जाएगा भैंसाली की तरफ जोड़ता हुआ गाइड देखिए इस्टैंड किया जा रहा है लॉन्चर को अब और यहां पर ये पिलर कैप का काम चल रहा है कहीं पिलर स्टैंड किए जा रहे हैं कहीं इनका ढांचा पिलर का लगाया जा रहा है जो मतलब कि वो लोहे के जो जाल रखे जाते देखिए ये पिलर इसमें रखा जाएगा पिलर कैप तो कहीं कहीं पिलर कंप्लीट हो चुके हैं कहीं कहीं ये पिलर स्टैंड किए जा रहे हैं इन पर देख देख सकते हैं ये फाउंडेशन लगा दिया गया है और फाउंडेशन लगा के इस पर कंक्रीट कर दिया जाएगा इन पिनरों पर और फिर उसके बाद में भाई साहब पिलर कैप किया जाएगा तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि ये पलर कैपिंग का काम चल रहा है अभी इन पर देखिए ये इस पिलर वो पिलर कैप भर गया ये इस पिलर कैप को लगाया जाना है आगे के इस पिलर कैप को लगाया जाना है तो अभी काम चल रहा है धड़ल्ले में तेजी के साथ में और ये लगी है पाइलिंग मशीन जो पाइल कर रही है नीचे ज़मीन में जा रही है गड्ढे करती हुई आपको बता दूं कि अब डोरली का स्टेशन आने वाला है आर का गाई तो देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया फिर इसमें रिंग लगाए जाने रिंग लगाए जाने के बाद में कंक्रीट भर दिया जाएगा फिलर कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद में पिलर कैप का काम चलेगा तो इन पे पिलर कैप लगाया जाना है अभी बाकी आगे के पिलर कुछ ये हैं तो इन पे नापतौली का काम चल रहा है बाकी ये कम्प्लीट हो चुके हैं देख सकते हैं ये दौड़ली से पहले है स्टेशन ये, ये पिलर और देख सकते हैं इस पे पिलर कैप का काम किया जाना है और इसके बाद में कोई पिलर अभी स्टैंड नहीं किया गया है तस्वीरें अपनी आँखों से देख सकते हैं ये देखिए है, ये फाउंडेशन खड़ा कर दिया है पिलर का अब इस पर रिंग लगाए जाने और रिंग लगाए जाने के बाद कंक्रीट कर दिया जाएगा ये भर दिया जाएगा गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पर ये दौरली के स्टेशन आएगा तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं किन पर प्लर कैप लगाए जाने ये पलर भरा जा रहा है कंक्रीटिंग किया जाएगा और इधर ये प्लर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है लोहे की सरियों द्वारा देख सकते हैं इधर इन पर रिंग लगाए जाने और रिंग लगाए जाने के बाद मैंने कंक्रीट किया जाएगा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 दौरली का स्टेशन आरआरटीएस का गाइड जो कि मेरठ के अंदर आता है यह है दौरली जगह और यहाँ पर ये स्टेशन बनाया जा रहा है और आपको बता दूं कि मेरठ के अंदर मेरठ सिटी में ये तेरह स्टेशन बनाए जा रहे हैं आरआरटीएस के और टोटल इस रूट पे जो स्टेशन है वो है पच्चीस यानी कि आपका डिपो लगा कर दो डिपो है और तेईस स्टेशन देख सकते हैं इधर पिलर कैप का काम किया जा रहा है बाकी पिलर इधर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं गाइस ये दौरली का स्टेशन निकल के गया है और अब आ जाएगा मेरठ नॉर्थ का स्टेशन मेरठ नॉर्थ का स्टेशन आएगा उसके बाद में मोदीपुरम का स्टेशन आएगा और फिर उसके बाद में जो लास्ट होगा वो आएगा मोदीपुरम डिपो तो वहाँ का भी आपको तस्वीरें दिखाई गई मोदीपुरम डिपो पर क्या कितना कुछ वर्क हो चुका है डिपो में आपको बता दूं कि वहां पर आर आई टी एस की जो ट्रेन है वो खड़ी होंगी उनके मेंटेनेंस के लिए रख रखाव के लिए वो वहीं पर खड़ी होंगी मेरठ मोदीपुरम में गई तो देख सकते हैं ये इस प्लर स्टैंड किए जा रहे हैं इनका सरिया लगा दिया गया ढांचा खड़ा कर दिया गया है आप इन पर रिंग लगाए जाने हैं और रिंग लगाए जाने के बाद में इन पर कंक्रीट किया जाएगा फिर पिलर कैप किया जाएगा और पिलर कैप करने के बाद में फिर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा तो देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ तेजी के साथ में जो कि तेजी के साथ में यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सन दो में पच्चीस में ये चलना स्टार्ट हो जाएगी उसमें अभी तीन साल का वक्त लग जाएगा काफ़ी टाइम लगेगा और आपको बता दूं अगले साल 2023 के मार्च में आपको बता दूं गाइस के हमारे गाजियाबाद के साहिबाबाद से लेकर और दोहाई डिपो के बीच तक 17 किलोमीटर के 17 किलोमीटर का रूट है जिसमें आरआरटीएस पहली बार चलाई जाएगी दौड़ेगी वहाँ पर आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा तो देख सकते हैं ये आ जाता है मोदीपुरम गाइड स्टेशन ये साइड में ही है मोदीपुरम का और हम चल रहे हैं अब डिपो के लिए गाइड तो जो मोदीपुरम का डिपो है वो आपको दिखाएंगे और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मैं आर रिलेटेड इन्फ़ार्मेसन लाता रहता हूं और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिखाता रहता हूं कि कहां पर किस जगह कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है कंप्लीट कितना है बाकी क्या वर्क चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब कुछ आप लोगों को के पसंद के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं और ये आ जाता है हरिद्वार हाईवे डेली मेरठ एक्सप्रेस वे जो बनाया और ये जा रहा है द्वार क्या नाम है हरिद्वार के लिए और देख सकते हैं राइट हैंड पर ये मेट्रो ये जा रही है आर आर टी एस निकलती हुई तो इस पर अभी वर्क चल रहा है इस पर भी पायलिंग कहीं कहीं पायलिंग इन पर पायलिंग तो हो चुकी है बस ये पिलर अब खड़े किए जा रहे हैं इनका फाउंडेशन बनाया जा रहा है देख सकते हैं ये पायलिंग मशीन जो पायल कर रही है अभी ज़मीन में गड्ढे कर रही है फिर उसके बाद में फाउंडेशन बनेगा फाउंडेशन बन जाने के बाद इस पे पिलर खड़ा कर दिया जाएगा देख सकते हैं ये सारा कुछ आप लोगों लो, लो को बता दूं कि इस पे पाइलिंग चल रही है अभी इस रूट पे आखिर आपके मोदीपुरम के डिपो तक तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मोदीपुरम का डिपो के वहाँ पर कितना कुछ काम हो चुका है तो कहीं कहीं इस रूट पे बीच बीच में ये पिलर खड़े कर दिए गए हैं कहीं कहीं इस पर पाइलिंग चल रही है तो बस यही वर्क चल रहा है कहीं के इसमें अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है फाउंडेशन और पाइलिंग का इधर इस हाईवे पे देख सकते हैं और आगे आने वाला है और आपको बता दूं कि ये मोदीपुरम लास्ट हो जाता मेरठ का अब फिर उसके बाद में देख सकते हैं अब ये लेफ्ट में आ चुकी है यहाँ से आरआरटीएस जो कि लेफ़्ट में डिपो पड़ेगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ कितना कुछ वर्क हो चुका है इस मोदीपुर के डिपो में गई तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि ये आ चुका है मोदीपुरम डिपो और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है मोदीपुरम डिपो की तो देख सकते हैं यहाँ पर पाइलिंग मशीन चल रही है पाइलिंग कर रही है और पिलर भी खड़े हो चुके हैं इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी के साथ में तो देख सकते हैं ये पायल कर रही है और इस पर कुछ पिलर कंप्लीट भी भर दिए गए हैं अब इस पर बस फ्लोरिंग का काम किया जाना है तो फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे ये बनाए जाएँगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें ये देखिए आधे पिलर खड़े कर दिए गए हैं इन पर पिलर कैप मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग ये मोदीपुरम डिपो तो की तस्वीरें हैं जो मेरठ के लास्ट में पड़ता तो देख सकते हैं ये एक पिलर से दूसरे पिलर को ये जोड़ा जा रहा है गाइस स्टैंड किया जा रहा है इनको जोड़ दिया गया है मतलब कनेक्ट करे जा रहे हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को बीम डाले जा रहे हैं इस और ये बिल्कुल लास्ट तक जाएगी और यहाँ पर चार पांच ट्रेनें खड़ी होंगे आरआरटीएस आर की गाइस तो काफ़ी लंबा चौड़ा है पीछे और देख सकते हैं ये है आरआरटीएस का ऑफ़िस देख सकते हैं एनसीआरटीसी का ये ऑफिस है यहाँ पे तस्वीरें आप लोग देख सकते हो जो का इसका इसका मैंटेनेंस इसका रख रक वो सब कुछ इसी मेरठ डिपो के अंदर होने वाला है गाइस और एक है दुबई के अंदर गाजियाबाद दुबई में डिपो बहुत तो काफ़ी लंबा चौड़ा डिपो है वहाँ पर गाड़ियाँ ये ट्रेनें खड़ी होंगी और यहाँ पर इनका मेंटेनेंस का काम चलेगा गाइस देख सकते हैं तस्वीरें है। और ऐसे ही ब्लॉग्स तो देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस